तो इरादे, रोज इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं जाते हैं जिन्हें खाजा बुलाते हैं इरादे रोज बनते हैं मगर वो टूट जाते हैं जाते हैं, जिन्हें खाजा बुलाते हैं

मन के बुलाए बिला जाए मन के बुलाए मन

मुसिदे

स्प